तो आप लोग देखिए और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही चटपटा सा रेसिपी लेके आई हूँ तो वही है मैंने लिट्टी सत्तू घर का लिट्टी है तो ये जो है गेहूं से गेहूं का आटा से बना है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बनता है इसको तो मैं पहले सत्तू को रख लेती हूँ कटोरी में अब उसमें जो है कटा हुआ प्याज डालेंगे तो आप प्याज आपका मन मनपसंद डालिए नहीं भी डाल सकते हैं लेकिन इसमें अदरक लहसुन का जो दर दरक टूटा है वो तो पड़ना ही पड़ना है और इधर में नमक और हरी मिर्च कट करके कर रख दी हूँ तो मेरा पास अभी नींबू नहीं था तो इधर नींबू ना रहने से भी इधर जो अचार जो होता है वो उसके जो तेल है और मसाला है वो डाल सकते हैं खट्टापन के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा एक स्वाद भी देगा एकदम खुशबू भी आएगा इसको खट्टा खट्टापन तो में डाल दे रही हूँ तो हाथों से ज़रा से इसको अच्छा से हम जो है मिला देंगे तो मैं जो है गेहूँ काटा से बना रही हूँ आप लोग मैदा से भी बना सकते हैं मैं बहुत आसान तरीक़े से बताई हूँ मैं आप लोगों को फिर कभी एक लिट्टी चना आप लोगों को शेयर करूँगी बहुत ही अच्छा वीडियो है और जो है खाने में बहुत टेस्टी है तो मैं सोची आज ये वीडियो दिखा आप लोगों को शेयर करूं फिर मैं फिर कभी और एक वीडियो आप लोग से इसी का शेयर करूंगी तो इधर मैं गेहूं का आटा में, में थोड़ा सा नमक और अजवाइन में डाल दी हूं इसको हल्का हाथों से माने इसको मिला देंगे अब जो है लास्ट में मैं इसमें दो से तीन चम्मच में जो ऑय मैंने सादा तेल में सादा तेल में डाल के इसको अच्छा से इसको मिलाएंगे थोड़ा सा जो खास्तापन जो होता है कुरकुरा वो हो जाए तो इधर में तेल को अच्छा से जो है आटा में जो मिला लूंगी अच्छा से तो अब ऐसे वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल पर नए आए तो और लाइक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इधर में जो आता है सोन लेती हूँ ज़्यादा सॉफ्ट नहीं सोनना ना ज़्यादा हार्ड नॉर्मली इसको सोनना है तो देख सकते हैं सोन चुका है मैं इसको जो आटा में लगा ली हूँ तो मैं इसको आप लोगों को भरना बताती हूँ तो मैं छोटा छोटा जो लोई है मैं काट ले रही हूँ इसको थोड़ा सा कटोरी से दूँगी डूंगी इसको मैं कुछ इस तरीक़ा से तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा जो सत्तू का जो मैं फिलिंग बनाई थी मैं उसमें डाल कर इसको इस तरीक़ा से इसका जो मुँह है इसको मैं बंद कर दूंगी इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा दबा देंगे जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में इसका अब तलने का बारी है तेजर कढ़ाई गर्म हो चुका है तो मैं अभी इसमें सरसों तेल डाल नहीं सॉरी रिफाइन तेल डाल रही हूँ ऐसा बात नहीं सरसों तेल में भी फ्राई कर सकते हैं उसका भी टेस्ट अलग रहता है और जो सादा तेल में तलने से उसका जो टेस्ट है कुछ अलग ही लगता है तीधा तेल भी गर्म हो चुका है तो मैं एक एक जो है जो लिट्टी में बना कर रखी है उसमें डाल देती हूँ इसको पहला बस जो है इसको धीमा आँच पर इसको नहीं भी तो एक से दो मिनट इसको पकाना है तो अंदर तक सीखेगा तो इस तरीके से थोड़ा करते रहिए तो गर्म तेल ऊपर में भी पड़ता है सही से तो इसको मैं पलट देती हूँ जो है मैं उलट पलट के जो हूँ मैं इसको अच्छा से मैं पका लूँगी इसको बहुत ही अच्छा कलर आने तक तो इधर थोड़ा सा जो आँच थोड़ा सा तेज हो चुका है फिर भी बहुत ही प्यारा कलर आया है आप लोग देख सकते हैं मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ और बहुत ही अच्छा फूल चुका है देखिए अब इसको चटनी के साथ खा सकते हैं या टमाटर के चप का साथ